मेरे दोस्त के पेट में चूहे कूद रहे थे मैंने चूहे मारने वाली दवाई दे दी दो घंटे से आराम से सो रहा है थैंक्स भी नहीं बोला ने। कोई जमाना ही नहीं। जमान नहीं जितनी चादर हो, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। नहीं तो ठंड लगने लगती है बेस्ट फ्रेंड के लिए एक शायरी के <laughs> साला टांग क्यों मारा बे मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया राज करने के लिए आया मैं बेबी एक बात बताओ ना सोचा बेबी तुम इतने चुती क्यों हो <laughs> <laughs> पुष्पा पुष्पा राज जा रहा हूं साला। <laughs> पुष्पा पुष्पा राज सर्दी हो गये इस सला <laughs> अरे सिस्टम तो मैं अभी हैंग कर दूं पर क्या करूं अभी तो मेरा फोन हैंग हो रहा है <laughs> हो। हेलो भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं ठीक है जाओ गर्मी के दिन में आना अरे भाई फैन को इस तरह तो नहीं बोलते हैं हाँ तो ठंडी के दिन में फैन के क्या जरूरत पुष्पा राज साला साला। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिंगल मैं जलेगा नहीं <कल्णारी> भाई बोल तेरा नाम क्या है भाविन भाविन भाविन भाविन भा भूस भा, वाला भाई <स्दुणारी> <कल्णारी> <भावी कल्णारी> <भावी कल्णारी> तेरे दस दिन कब के पूरे होगा मेरा साठ हजार रुपए कब देगा आप तेरा हिसाब छुट्टा ही कर देता हूँ ये कितने हैं? ये कितने हजार कितने हो गए साठ हजार हो गए ना पूरे चल निकल निकल छोटे <laughs> जी भैया लॉकडाउन तक तू मुझे अपना दोस्त ही समझ दिनेश एक सिगरेट दे तो आखे नीचे <laughs> चिंटू बेटा खड़े हो जाओ हाँ जी सर हाँ तो तुम ये बताओ तुमने अपने दोस्त को दिए छह हजार रूपए लेकिन उसको चाहिए तीन हजार तो वो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा सर एक रुपया भी नहीं लायक तुम्हें गणित के बारे में कुछ नहीं पता मुझे गणित के बारे में पता लेकिन आपको मेरे दोस्तों के बारे में नहीं पता <laughs> बेटा साहब एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाओ एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था तो फिर आगे क्या हुआ फिर एक दिन वो लड़की ने मुँह धोकर दिखा दिया <laughs> साले मारा क्यों तेरे मम्मी कसम मेरे को मारा तो <laughs> मारना मारना मारना मेरे को मारना रे ये मारना मम्मा की कसम बेड़ा नहीं मारना है मारना उ, मारना ये मारना हर को मार आज्मानों पे दाने उसमें यही दुआ है oh no no no no oh <laughs> oh <laughs> <laughs> <laughs>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 Oh, no, no, no, no. <laughs> नो नो नो नो भाइयों ये लो मिठाई मैं बाप बन गया अरे वाह भाई कॉन्ग्रेचुलेशन <laughs> भाई लेकिन तेरा पेट तो बाहर का बाहर ही है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 पापा मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी साइटिंग से मिलने बेटा लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर मत जा नहीं तो पुलिस वाले तोड़ देंगे पकड़ के पापा मेरे जाने का तरीका अलग है बेटा मेरे को भी बता दे तरीका मैं भी मिल आऊंगा पढ़ना लिखना छोड़ के कोरोना पे रखियो आज इंस्टाग्राम चलाओ पगले सरकार कर देगी हेलो हाँ कौन आवाज नहीं पहचानी क्या अब तू क्या अरिजीत सिंह है नाम बोल अपना स्कूल कब खुलेगा बता दियो जी हमारी पढ़ाई का नाश हो रहा सच क्यों नहीं कहता कि स्कूल वाली सेटिंग की याद आ रही है <laughs> o lo lo lo o o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 मेरी सोना ने खाना खाया हाँ था मेरे बाबू ने थाना थाया अ, अच्छा सोना सुनो ना ये गुटखा थूक के बात करो ना तो तेरी शक... आईफोन देख के पैसे वाला समझे क्या किडनी बेचा है मैं अरे किसी ने क्या खूब लिखा है वा वा वा वा। क्या लिखा है वैसे? अरे क्या खूब भगवान उठा ले मुझे और फेंक दे किसी लड़की की बाहों में भुड़ी भुड़ी। जिस किसी लड़की को बॉयफ्रेंड की जरूरत हो हो फेंक देना उसकी बाहों में मुझे इस साल कुछ खास हो जाए तुम्हारी मम्मी मेरी सास हो जाए <laughs> खास कर पुष्पा दाढ़ी नहीं आया साला <laughs> भाई बहुत रात हो चुकी है थोड़े घंटे रुक सुबह हो जाएगी पुष्पा ने कमिटमेंट कर दी बड़ी अरे टक्कर मारा हाँ। oh no. मैं ना हाँ, मेरे पास बम भी है वाह। <laughs> <ए भाई। laughs> जा <laughs> कैसे मनाऊं चॉकलेट डे <laughs> मेरी वाली तो गुटखा खाती है प्यार अगर अंधा है प्यार अगर अंधा है अभी तो तक मुझसे टकराया क्यों नहीं? आ! अरे बोलना मेरे को देखे नहीं? हाँ मैंने तो देखा पर उसने नहीं देखा तू तो किस खुशी में खुश हो होगा मैं क्यों खुश हूँ क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं मैं ऐसा क्यों करेगा तो मेरे को सब समझता है उसने पलट के नहीं देखा भाई इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना रहा है। मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। चल मैंने माना मैंने माना कि उसने पलट के मेरे को नहीं देखा पर तू बोल देता कि उसने देखा तो तेरा क्या जाता है? मेरे को दो पल की खुशी तो मिलती ना। नीडिया तो अच्छा है पर अपने दिमाग में आया नहीं था हाँ दिमाग आ, में क्यू होता उससे मेरा घर बच जाता तू मामा बन सकता था तेरी झलक का क्या जरूरत है डार्लिंग चूला जलाना है बड़ा अच्छा लगता है तू